यदि कोई व्यक्ति आपके अच्छे कामों में भी शक करता है तो उसे शक करने देना क्योंकि शक हमेशा सोने की शुद्धता पर होती है ना कि कोयले की खान पर ना कि कोयले की कालिक पर याद रखना कि सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है लेकिन ये भी याद रखना सबसे दूर तक वही जाता है जो सबको साथ लेकर जाता है ना सच्ची बात जिंदगी के पांच सच माँ के सिवा कोई वफादार हो नहीं सकता गरीब का कोई दोस्त नहीं हो सकता आज भी लोग अच्छी सोच को नहीं अच्छी सूरत को तरजीह देते हैं इज्जत सिर्फ पैसे की है इंसान की नहीं जिस इंसान को अपना खास समझो वही सबसे ज़्यादा दुख देता है